जो शूज़ मैंने मंगाया था ना तो वो आ गया है वो इधर कहाँ तो दिख नहीं रहा यूएस स्कूल बोला था तो अपना एड्रेस एकदम एग्जैक्ट एक में किसी को नहीं बताता तो यूएस स्कूल बोला था वो यहाँ पर आया पर अभी तक दिख नहीं रहा उनको ही मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे और तो अभी तो इधर पे ही किधर है पर मिल नहीं रहे मेरे को लगता है ना साई बाबा मंदिर के इधर साइड पर चले और मैं मेन नाइन्टी फेट पर आ गया तो फिर चलते हैं उनके साइड देखते ही जाके फाइनली जूता खुल गया है तो वाइज़ जूता ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है और काफ़ी बेस्ट है शूज़ देखते है अभी पहन के पहनने के बाद अगर कंफर्टेबल लगा तो फिर बेस्ट बोल सकते हैं तो बस इतना ही था और इसलिए मैं इसको खोल दिया कि एड्रेस ना दिख जाए और अभी इसको खोलते फटाफट से देखते हैं नाप के शूज़ आ गया बस शूज़ में ये थोड़ा सा फॉल्ट है क्योंकि ये थोड़ा सा दब रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये हो जाएगा थोड़ा टाइम टाइम में और बाकी मेरा इसके लिए बहुत अच्छा रिव्यू था और शूज़ बहुत पसंद आया मुझे और मैं ये वीडियो मुझे flipkart में भी डालना है क्योंकि उन्होंने मैंने वो बोला है शूज़ का एक बार आप बताओ शूज़ कैसा लग रहा है क्योंकि अस्सी के शूज़ है तेरा घर चला जाएंगा तो तेरा घर चला जाएगा तो भी वीडियो डालता हूँ फ़्लिपकार्ट और बाकी अभी ईद का पूरा बाकी ईद का पूरा वीडियो अभी बाकी है वो भी बनाना है और वो वीडियो बनाने के बाद भी मुझे सब जगह अपलोड करना है और इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल ही डाला ही नहीं हूँ और कौन भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था तो वही मैंने मेंशन किया रिमेंशन और बाकी वीडियो अभी बनाना ही बाकी है और सुबह से बस एक ही वीडियो बनाया वो भी से मैं रखी थी उसका बनाया बाकी वो पूरा बाकी है और जैसे जैसे पूरा हो जाएगा अभी वीडियो बाहर जाएँगे तो ही बना पाएंगे नहीं जाएंगे और तो मेरा पूरा प्लान है सोने का आज की भी आज छुट्टी ना तो सिर्फ सोऊंगा और बाकी घर पे बेहे वो सब देखते अभी सब लोग कहाँ जाएंगे और कल का भी कुछ प्लान है कल संडे ना तो कल भी हम लोग कहीं जाएंगे तो उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहे और अभी एक और सरप्राइज़ देने वाला हूँ आपको तो उसके लिए पूरा ब्लॉग देख पूरा ब्लॉग अच्छे से देखना पावर नॉर्मल एक सौ छह मतलब छह रुपया बढ़ा के दे रहा है सही दे रहा है पेट्रोल भी बहुत भीड़ है आगे लो आगे लो लोड़ी तो तो तो तो तो तो तो बस बस ज्यादा आगे ले लेगा तो पता चली तो तो